वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आल्सो वेलकम टू आवर साइंस क्लास आज हम चैप्टर नंबर वन सेलर आर्गनाइजेशन का टॉपिक नंबर माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे वॉट इज माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रोमेंट विच इज़ यूज टू सी वे स्मॉल थिंग डैट कैन नॉट बी सीन विद आवर ने माइक्रोस्कोप एक ऐसा साइंसी आला है जिन जो इन छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है जो आम आंख से नजर नहीं आती हैं When we look at something through a microscope, it appears larger. जब हम माइक्रोस्कोप के जरिए किसी चीज़ को देखते हैं तो वह बड़ी नज़र आती है The, the microscope used in our school आर light microscope. हमारे स्कूल में इस्तेमाल होने वाली जो माइक्रोस्कोप है वो लाइट माइक्रोस्कोप है एंड दीज माइक्रोस्कोप यूज लाइट टू शो द इमेज और इस माइक्रोस्कोप के अंदर आ, इमेज को दिखाने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत होती है या रोशनी इस्तेमाल होती है What is light microscope? A light microscope has a base and arm, आर्म tube, a stage and two adjustment screws जैसे कि आपको इस image में video में, में नजर आ रहा है कि light microscope के कौन कौन से part होते हैं आ ट्यूब आर बेस स्टेज एंड टू एडजस्टमेंट सेक्रियोज टू लेंजेस आर फिटेड ऑन द टू एंडस ऑफ द ट्यूब यानी कि जो ट्यूब के एंड में दो हमारे पास लेंजेज जो हैं वो फिट होते हैं द लेंज एट द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रो विच वी ऑब्जर्व एंड ऑब्जेक्ट इज कार्ड आई लाइट माइक्रोस्कोप में एक बेस एक बाजू एक ट्यूब और एक स्टेज और एक एडजस्टमेंट सिक्रियोज होते हैं ट्यूब के दोनों सिरों पर लेंस जो है वो पाए जाते हैं और ट्यूब का वो सिरा जिससे हम किसी जिसम का मुशाह करते हैं किसी चीज़ का मुशाह करते हैं वो आई पीस कहलाता है जिसको हम जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं जिस के, के जरिए उसको हम आई पी कहते हैं द क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस डिस्कशन इज How many parts of a light microscope? A light microscope has eight parts. The first one is eyepiece. The second one is adjustment सिक्रियोज The third one is tube. The fourth is objective lens, arm, base, stage, and mirror. यानी के light microscope के कितने हिस्से होते हैं Light microscope के आठ हिस्से हैं जिनके नाम ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कार्ड एंड ऑब्जेक्टिव लेंस यानी के मुशाह किए जाने वाले जिसम के करीब का लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है लाइट इज पास थ्रू द लेंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म बिलो यूजिंग अ मिररर नीचे से एक, एक, एक मिररर या शीशे की मदद से जिसम पर रोशनी रोशनी जो है वो गुजारी जाती है द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेसड ऑन अ ग्लास एंड ऑन द स्टेज यानी के जिस चीज का हम मुशाह करना चाह रहे हैं उसे हम एक शीशे की स्लाइड पर रख कर स्टेज पर रख देते हैं टू फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप टू एडजस्टमेंट सक्रिय आर यूज दो एडजस्टमेंट सेक्रियोज जो हैं उनकी मदद से हम माइक्रोस्कोप में जिस सब्जेक्ट का हम आ, मुशायदा करना चाह रहे हैं उसको हम तौर पर देख सकते हैं वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 हंड्रेड टाइम्स बिकर दैन इट्स औरिजिनल साइज हम जिसम को जिसका हम मुशाह करना चाह रहे हैं उसकी असल जसामत से पंद्रह सौ गुना ज़्यादा बड़ा करके देख सकते हैं Most of the cells are too small to be seen व स्लटेंगुलर पीस ऑफ ग्लास द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट टू ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप Slide एक शीशे का बना हुआ एक मुस्तिल नुमा टुकड़ा होता है माइक्रोस्कोप में मुशाह करने के लिए जिस चीज का हम मुशाह करना चाह रहे हैं उसको हम स्लाइड पर रखकर मुशाह करते हैं यानी ऑब्जर्व डू यू नो ना आर डेटिस्ट यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन साइड द सेल आजकल साइंसदान सेल के अंदर बहुत छोटे इज्जाम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द इमेज अप टू फाइव लैक टाइम्स इट शोज क्लियर इमेज ऑन आर टेलीविजन स्क्रीन द माइक्रोस्कोप यूजेज आ बीम ऑफ अलेक्ट्रॉन इन स्टेड ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज को पाँच लाख गुना बड़ा करके दिखा सकती है यह वाज इमेज टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रोशनी के बजाय इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करती है आई होप यू इन्जॉय टू डे क्लास If you have any question, don't hesitate and write your question in the comment section. If you are a new viewer of our channel, then I request to all of you please subscribe and hit the like button also, and also share this video with your friends and your class fellows and your family. Allah, Allah Hafiz, Allah Hakeem. See you in the next video. Remember me in your prayers. Allah, Allah Hafiz, Allah Hakeem.